तो आज फिर से आ चुके हैं हम लोग लाइव में ओके okay? तो कुछ भी नहीं भाई ऐसे ही लाइव पे आ गया हो हम लोग तो जो भी बंदे स्ट्रीम पे आ रहे हो भाई स्ट्रीम को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और स्ट्रीम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो तो आज हम अन पर्सन मतलब अनन बदने के साथ डूओ या इस्कवाड रैंक खेलने वाले तो वैसे ही पूछ करेंगे और नए बंदों के साथ दोस्ती करेंगे तो यही है आज का लाइव ओके तो फ्रेंड लिस्ट का कोई बंदा नहीं बुलाएंगे हम लोग तो ऑटो मैच करके हम लोग रैंक पे चले जाएंगे तो ऐसे ही भाई लाइव वीडियो इस चैनल पे आएंगे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो चैनल को तो चलो शुरू करते हैं हम लोग गेम प्ले तो साउंड आ रहा है तो कॉमेंट में ज़रा बता दो यार ठीक है साउंड आ रहा है तो जरा लाइव स्ट्रीम पे बता दो आप लोग तो स्टार्ट होने में बहुत ही टाइम लग रहा है तो वेट करते हैं स्टार्ट होने का तो तरफ तो पानी पी लेता हूँ बाहर बैठ के लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ भाई घर के बाहर बैठ के तो अभी भी गेम स्टार्ट नहीं हो रहा है लो देखते हैं कितना देर में गेम स्टार्ट होता है तो बहुत ही नेटवर्क प्रॉब्लम है या गेम का गलीच है स्टार्ट नहीं हो रहा है भाई तो भाई जो भी बंदे लाइव पे हो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाइक को लाइक कर दो ऐसे ही लाइव आएंगे इस चैनल पे, इसलिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को तो आवाज़ आ रहा है क्या तो कौन जरा लाइव स्ट्रीमी बता दो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आवाज़ भाई कितना देर लगाएगा यार गेम स्टार्ट कितना देर लगाएगा गेम स्टार्ट होने में बहुत टाइम लग रहा है भाई गेम स्टार्ट होने में तो जो बंदा लाइव देख रहे हो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब किया है तो ठीक है और लाइक कर दो वीडियो को ऐसे लाइव स्ट्रीम आएंगे भाई की वे भी होगा सब कुछ होगा भाई क्या करूं भाई कि इंस्टार्ट नहीं हो रहा है अरे भाई हो गया है यार कम से कम ढाई मिनट के ऊपर चला गया ओके तो जिस बंदे ने लाइक किया है भाई दिल से शुक्रिया आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो को हेलो भाई हेलो जूलियस भाई हेलो हेलो भाई जो बंदा लाइव स्ट्रीम देख रहा है दिल से शुक्रिया दिल से शुक्रिया भाई आपको सब्सक्राइब कर दो चैनल को सभी वीडियो को लाइक करने के लिए शुक्रिया दोस्तों हो सके तो आपका आईडी सेंड कर दो यार मैसेज पे यार इसका साउंड प्रॉब्लम आ रहा है शायद साउंड प्रॉब्लम है उसका साउंड में प्रॉब्लम हो जाएगा तो भाई कहाँ उतरे भाई क्लॉक टॉपरते हम लोग बहुत ही लैक कर रहा है फोन तो शॉर्ट गन का हमें कोई स्किन नहीं मिला अभी तक भाई ये कहा उतरा है यार अरे ये फैक्ट्री में है मैंने सोचा यहाँ पे है भाई तो चलो कोई बात नहीं बंदा बहुत ही अच्छा है बंदा बहुत ही अच्छा है भाई लोग समझ गए बंदा बहुत ही अच्छा है अरे यार फ्रेंडशिप करना चाहता है कोई आज आप फ्रेंड फ्रेंड करते इसके साथ भाई मैं अभी मरूंगा भाई मैं अभी मरूंगा यार दो तीन बंदे है शायद से यहाँ पे मैं अभी मरूंगा यार अरे भाई बंदे आ ही गए अरे भाई अरे यार ये बंदा कहाँ से आया है यार चलो जिलिया भाई आप ध्यान से खेलो और मैं माइकॉपे तो भाई बंदा बहुत ही अच्छा है भाई क्या ही बताओ और बंदे के बारे में आप लोग देख ही सकते हो लाइफ पे बंदा कैसा है मुझे कोई लॉन्ग रन नहीं मिला अभी तक भाई मैं उससे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि भाई तो साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है ठीक है हम लोगों को तो इस बार उस बंदे को मार देंगे हम लोग तो भाई देखो फोन कैसा लगे भाई पे ब्राइटनेस ब्राइटनेसने के लिए खिच रहा हो तो भी नहीं हो रहा है तो भाई जितने को बंद, जितने बंदों को भी नहीं पता मैं कौन से मोबाइल पे खेलता हूँ तो उन बंदों को बता रहा हूँ मैं विवो वाई में खेलता हूँ ठीक है वाई में खेलता हूँ ज़्यादा बढ़िया तो परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है ठीक है तीन साल का फोन है तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है अभी भी मतलब तो चला जाता है भाई गेम अरे यार क्या हो गया चलो बढ़िया चल जाता है गेम फोन पे पानी गिर गया यार देखो देखो देखो क्या हो रहा है लाइफ पे चलो चलो यहाँ पे जरा पानी गिर गया तो हम ये पूछ लेते हैं चलो ठीक है अभी ठीक है तो भाई बंदे लोग लाइव लाइक कर दो यार देखो भाई ऐसे ही पानी गिर गया फोन पे बंदे लोग लाइव स्ट्रीम लाइक कर दो तो भाई जूलियस भाई मेरे साथ है तो डरने की कोई बात नहीं है दिल का बहुत ही बढ़िया है जूलियास भाई अरे जूलियस भाई को क्या हुआ भाई जोन के अंदर क्यों चला गया तो देखो बंदा कितना अच्छा है भाई दिल का ओके okay. अरे कुछ बोलने वाला था वो अब मैं ड्राइविंग करूँ तो चलो तुम बैठो चलो देखो भाई बंदा दिल का कितना अच्छा है भाई मज़ा ही आ गया इसके साथ खेल के देखो बंदे का कितना मतलब कोई भी एटीट्यूड नहीं है इसमें ठीक है भाई इस बंद इस तरफ के बंदे के साथ ही ना खेलने में मजा आए भाई गेम पे ठीक है इस तरह के बंदे पे साथ खेलने में गेम पे मजा है अरे भाई बंदा बंदा बंदा बंदा बंदा उतर जा उतर जा उतर जा भाई गुलल मार दिया चलो स्का फेंकते अरे भाई इधर डाउन चलो इधर भी एक बंदा है शायद से मेरे पास मेडिकेट नहीं है मेरे पास मेडिकेट नहीं है भाई अरे मजा भाई मेडिकेट नहीं हाँ अरे भाई कील दे दिया इसने बहुत बढ़िया भाई का मम्मी आ गया शायद से अरे यार रुक भाई मैं देखता हूँ मेरे पास मेडिकेट नहीं है रे भाई रुक रुक भाई मैं देखता हूँ मेरे पास मेडिकेट नहीं है यार क्या ही करूँ उस तरफ से कहां पर बंदा है मुझे ये भी नहीं पता है चलो टावर टावर पे जा सकते हैं क्या मेरे पास गुलल कुछ भी नहीं है अरे पीछे से बंदा है यार मारना है मुझे मेरे पास तो मेडिकेट नहीं है यार अंदर भी मेडिकेट नहीं है क्या करूं मैं बंदा मुझे दिख नहीं रहा है भाई अगर दिखता तो फायर कर सकते थे क्या पेशा से बंदा है ये रहा बंदा अरे कौन से गन से मार रहा हूँ मैं अरे को मुझे गलत गन से मार दिया भाई ऑक्स से नहीं ऑक्स से मारना था मेरे को यार रश भी नहीं कर सकते भाई इसके ऊपर बहुत ही नेगेटिव रश भी नहीं मार सकते भाई क्या करूं भाई ने कुछ चला कर गुल हो गया देखो बंदा बंदा है वहां पे लेकिन मेरे पास अच्छा कोई गन नहीं है भाई ने लाइक दे दिया देखो देखो कितना बढ़िया बंदा है यार चलो यहाँ पे जरा सा सरवाइव करते हैं हम लोग वो देखो सामने एक और बंदा इसे मारने की ट्राई करते हैं ये भी भाग गया तो लाइव जितने भी बंदे देख रहे हो भाई लाइक को सब्सक्राइब लाइक को लाइक भी कर दो ओके चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाइक को नहीं लाइक को लाइक लाइक को नहीं अरे यार क्या बोल रहा हो ठीक है चलो कोई बात नहीं हो जाता है भाई आदमी से गलती होती है तो ये नीचे बंदा है नीचे नीचे नीचे चल जा आ जा तू भाई जा चला गया बंदा चलो अच्छा हुआ मैं अरे फिर से आ रहा है बंदा बंदा फिर से आ रहा है फिर से आ रहा है चलो तो रहने रहने दो रहन दो, रहन दो। नहीं है है मेरे पास तो करते हैं फिर देखते क्या होता है। करने से प्लस हो जाएगा हम लोगों का टॉप टेन करने से आवाज बढ़िया आ जाएगा तो आज भाई बहुत ही नेटवर्क अच्छा है मैंने पहले जिस दिन लाइव किया था ना उस दिन बहुत ही गंदा नेटवर्क था गंदा दिख नहीं रहा बंदे का हेड चलो हम लोग जोन के अंदर है बहुत ही बरिया जगह पे है हम लोग तो जरा सा लाइव कर रहा है भाई जरा सा ही ज्यादा नहीं भी तो बहुत ज्यादा कर रहा है भाई हाँ भाई अभी समझा 990 प्लस है तो ऑक से क्यों नहीं मरा तो मैं अभी समझा भाई कि ऑक जब आप देखो आप जब बैठ के मारते हो शॉर्ट गिर हो जाता है खड़े होकर मारते हो तो एक गोली निकलता है देखो देखो क्या हो गया देखा तो इसलिए बंदा तभी नहीं मरा तो चलो कोई बंदा जो उनसे आता है क्या देखते हैं उनसे आएगा ना तो बहुत मारेंगे उसको मार के एकदम क्या ही बताओ गाली देने का मन नहीं कर रहा था लेकिन नहीं देख अरे कहाँ से मार दिया यार टॉप टेन हो भाई टॉप टेन नहीं हुआ वो तो बंदे ने ऊपर से मार दिया ऐसे देख सकते था तो चलो कोई बात नहीं खेलना है मरना है यही करना है भाई सभी गेम बुया लेने से होगा क्या तो चलो हम जूलियस भाई को फिर से बुलाएंगे बंदे ने मेरा दिल जीत लिया ठीक है रिक्वेस्ट भेजना था चलो मैं ऐसे ही बुलाता हूँ जूलियस भाई को नाम भैया बंदे का जूलियस नाम बढ़िया भाई का देखता हूँ जूलियस भाई को बुलाता वो आता है या नहीं जूलियस जूलियस जूलियस को ग्रुप है चलो उसका ग्रुप पे जाते हैं जूलियस भाई मेरे को ले ले लेगा लेगा वो ऑफलाइन हो गया क्या नहीं पता चलो फिर से एक बार भेजते जूलिया भाई को ये मेरा एक दोस्त है चलो इसको भेजते ये गेम में चला गया यहाँ पे सभी लोग खेल खेलने दो तो जूलिया भाई को फिर से एक बार भेजते देखो बंदे का आईडी देखो यार इतना ज्यादा टॉपअप नहीं किया है तो ये सब बंदा अच्छा काम कर रहा है यार ठीक है क्योंकि हम लोग देखो मेरे आईडी में जितना टॉपअप किया है अभी तो नहीं करता वो लेकिन पहले जितना करता था ना भाई सोच नहीं सकते हो ठीक है छः सात मंथ से लास्ट छः सात मंथ से टॉपअप करना छोड़ दिया ठीक है कुछ नहीं है भाई इस गेम में टॉपअप में जो लोगों को लगता है टॉपअप करना अच्छा है उनको मैं शिकायत कोई शिकायत नहीं है मेरी ठीक है तो उनको मैं कुछ नहीं बोलूँगा लेकिन जो बंदा टॉपअप करना चाहता है मतलब घर से पैसा चोरी पैसा चोरी करता है ये सब बंदा मतलब छोटे छोटे बंदे मम्मी पापा को नहीं बोल के पेटीएम से पैसे लेते हैं फोनपे से पैसे लेते ऐसा नहीं करना है ठीक है आप कमाते हो टॉपअप करते हो आपकी मर्ज़ी भाई उस पर कुछ नहीं बोलने वाला लेकिन ये जो बंदे छोटे छोटे बंदे मतलब एकदम छोटे छोटे बंदे जो टॉपअप करते हैं चोरी चोरी करके फोन पे से पेटीएम से भाई पे हमारे गांव का एक बंदा थोड़े दिन पहले छोटा है ज़्यादा नहीं फोर फाइव में पढ़ वो फोर फाइव में पढ़ता है ठीक है तो वो फोन पे से फोर थाउजेंड का जो टॉपअप होता है वो टॉपअप क्या था देखा रहो जो तो फोर थाउजेंड का टॉपअप है ना यहाँ से फोर थाउजेंड का टॉपअप था उसके बाद उसको पापा को जब पता चला तो भाई क्या ही बताओ बहुत ही एक्शन हो गया था भाई बहुत एक्शन मतलब सुनील कौन है ये फ्रेंड का है क्या अरे गेम में सभी बंदे इंसल्ट कर रहे हैं यार मेरे को कोई भी भाव नहीं दे रहा है कोई भी भाव नहीं दे रहा हो भाई गेमिंग बोर्ड वो क्या करूँ मैं मर जाऊँ यार तो चलो फिर से एक डुओ सेंड करते तो चलो अब वॉल पे सेंड करते देखते क्या होता है बिल्कुल नहीं वाल पेसेंट करते सुराज भाई तो बढ़िया बंद बन, बंदा बहुत बढ़िया है तो आज सब बढ़िया बढ़िया बंदे मिल रहे हैं हम लोगों को से अच्छा लगता है ऐसा बंदा मिला सब बहुत ही अच्छा बंदा है तो आज ही बहुत बढ़िया बढ़िया बंदे मिल रहे हैं हम लोगों को गेम पे दिल का बहुत ही सच्चा है बंदा बात करके समझ गया यार क्या ही बताओ यार तो लाइव देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो यार भाई उतर रहे हम लोगों को पोची नक ठीक है चलो कोई बात नहीं भाई का बहुत ही रैंक स्कोर हाई है मतलब एक स्टल ले लिया ने चलो भाई का पिलास करने का कोशिश करेंगे कोई दिक्कत बात नहीं है चलो धीरे धीरे खेलेंगे गन बड़ा उठा लेते हैं गैन मगर ले लेते हैं यहाँ से साउंड का जरा इश्यू आ गया है क्या भाई आप लोग साउंड सुन पा रहे तो कमेंट में बता दो तो भाई लाइव पे बता दो भाई स्मूथ करने के स्मूथ करके गेम खेलना पड़ता है भाई ऐसा मोबाइल है मतलब खेला जाता है स्मूथ करके भरिया ओ भाई अभी समझा नेटवर्क का इशू है हम लोगों का अरे भाई बंदा पीछे से मारा पीछे से मारा पीछे से मारा पीछे से मारा सामने भी बंदा अरे यार सामने भी बंदा पीछे से बंदा अरे भाई भाई का माइनस हो जाएगा यार क्या किया मैंने यार हट तो चलो इधर नेटवर्क का भी प्रॉब्लम था कैसे माइनस हो गया यार भाई गुस्सा करेंगे शायद। चलो हमारी भी गलती है थोड़ी थोड़ी पैसा का ऑफर कौन मारेगा भाई हेलो भाई तो भाई क्या ही बताओ बंदे का दिल इतना साफ है ना भाई इतना कुछ बाद भी वो हंस रहा है भाई मतलब इतना कुछ बोलने में भाई गेम में भाई हीरोइक पुश करने में भाई बहुत ही मेहनत होता है भाई पहले मैं भी करता था बहुत ही मेहनत होता है इसके बाद भी भाई हंस रहा है ठीक है इतना माइनस होने के बाद मतलब बहुत माइनस हुआ, हुआ है उसका इतना माइनस होने के बाद भी भाई हँस रहा है मुझको माइनस कराते थे, थे ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता था उस बंदों के ऊपर भाई मेरे गांव पे ऐसे भी लोग हैं जो गेम प्ले हराने में भी गाली देते हैं और जीतने में भी गाली देते मतलब एक बंदा एक दो बंदा है ऐसा जो गेम कस्टम किसी के साथ जीतता है तो भी गाली देता है हारता है तो भी गाली देता है तो क्या क्या मिलता है भाई ये सबसे भाई गेम खेलने आए हो टाइम पास करने आए हो खेलो भाई ऐसा कोई बात नहीं है कि झगड़े झगड़ते रहे लोगों के साथ ऐसा बंदे को देखो, देखो कैसा बंदा मिला भाई जूलियस भाई देखो ये सूरज भाई देखो हमारा साथ आगे दादा तो भाई बंदा गया है मेरे चैनल विजिट करने अरे क्या ड्रेस आ गया है यार नो ब्रा ड्रेस आ गया है तो बंदा गया है मेरे चैनल विजिट करने तो देखते क्या करता है बंदा क्या बोलता है लाइफ पे वो भी था भाई अभी ठीक है वही है अभी मेरे साथ बहुत ही अच्छा बंदा है भाई ये सब बंदे को देख के अच्छा लगता है भाई अच्छा है, सब बढ़िया बंदे मिल रहे सब बढ़िया बंदे मिल रहे मतलब पाने के लिए फ्रेंडली बंदे है सभी हाँ बा अरे यार बात करता हूँ मैं भाई से हाँ भाई बोलो बोलो कौन सा वाला ओ भाई ड्रैको के ड्रैको के का बात कर रहे हो? हेलो भाई हाँ चलो चलो चलो चलो बहुत बात हो गया है ठीक है ठीक है ठीक है भाई मैं भी माइक ऑफ कर रहा हूँ जब आपके पास बोलाना मुझे भी फॉलो नहीं कर देना ठीक है हाँ। तो आज बहुत बढ़िया-बढ़िया बंदे मिल हम लोगों को, ऐसे बंदे को दिल से स्वागत करता हूँ भाई मेरे लाइफ पे मतलब मेरे लाइफ पे, पे, पे नहीं लाइफ पे मतलब मेरी जिंदगी में ऐसे बंदे को साथ बातचीत करने में मतलब मेरे ऐसे फ्रेंडली बंदों के साथ बातचीत करने में मुझे जैसा के आया भाई। भाई भाई यार इतना कम बंदों रहता है भाई ये इतना कम रहता है है ये पे ओ मेरा स्मूथ इसलिए बोर्ड नहीं दिखाता बोर्ड दिखाता है लेकिन अभी नहीं दिखा क्या कुछ गिलीच है भाई इतना फॉलो नहीं करने का गेम पेल में ध्यान देने का पहले हम लोग अगर सूराज भाई बोले ना से कुछ लेना देना नहीं भाई गेम पे लेना देना है ठीक है गेम पे ले में लेना देना है तो उसने बिल्कुल सही बात बोला है एकदम हंड्रेड में हंड्रेड परसेंट सही बोला है उसने दस बज गए भाई ठीक है चलो दस बज गए भाई अभी तक लाइक कर रहा चलो कहाँ पे उतरेंगे भाई के साथ तो मिल पे जाते है भाई के साथ तो भाई बहुत ही दिल का अच्छा भाई है हमारा बच्चा दिल का है सच्चा ये नीचे पहनता है एक बिग बॉस का कच्चा तो कैसा लगा भाई सुनेगा तो भाई एकदम क्या ही बोलो चलो गले पर ध्यान देते हैं ज्यादा बात नहीं करते तो ये करना ही पड़ेगा हम लोगों को ऊपर बंदे उतरे हम लोग नीचे खेलते हैं नीचे नीचे करके खेलते मिल गया भाई को मारेगा क्या कौन आएगा गेमिंग बोर्ड गे के सामने भाई ड्रेस जरा नोभरा हो गया बंधन लोग नहीं डरेंगे ड्रेस देख के अरे सामने बंदा है सामने बंदा है सामने बंदा, बंदा, बंदा है चलो देखते लोगों को अरे भाई भाई मेरा फेवरेट गन मिल गया तू आप, आजा आप देखता हो ना मोड नहीं दिखाते भाई। बंदा अच्छा है तो मार दिया बंदे को कुछ चाहिए क्या भाई को अलर्ट रहने को बोलता रहा हूँ भाई अरे यार भाई को मारा। उसका एकदम भाई कील चोरी हो गया भाई का सॉरी भाई दिल से तुर तो कील चोरी कर लिया मैंने दिल से माफी चाहता हो तुम्हारे पास ए अरे यार एसीटी सी ले चलो चलो कोई बात नहीं एसीटी सी टी ले लिया ने क्यों भाई के एक, एक एक स्किन नहीं है भाई के पास भाई ने बताया था इसके तो ले लेके कोई भी फायदा नहीं भाई का तो ए से खेलेगा तो अच्छा होगा भाई का किल चोरी कर लिया हम लोगों ने गलती से चला लेते क्या बाहर बैठ के लाइफ कर रहा हूं ना तो का डर लगता है भाई दिल से सांप सभी का है बाप ठीक है सांप से कौन नहीं डरता भाई तो मैंने कहा हिल गन देखा था हिलगन लेने जा रहा हूं ठीक है क्योंकि भाई का जब भी एचपी कम हो जाएगा अपुन हेल्प करेगा और भाई ने शायद से ले लिया है वो चलो नहीं है चलो अपुन हेल्प करेगा भाई का अरे भाई मेरा ही तो एचपी कम हो गया यार दादा बच्चा दिल का सच्चा ओ है बहुत अच्छा अंदर पैरता है लक्ष्य को देखा अच्छा तो भाई कुछ माइंड मत करना भाई ऐसे ही बता रहा हो ठीक है ऐसे ही मिला रहा हो आवाज है कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई अच्छा है भाई कुछ लेकिन भाई सबसे अच्छा लगा भाई मेरा सूरज भाई का बिहेवियर ठीक है तो भाई का इतना अच्छा बिहेवियर है, है ना तो भाई को मैंने उतना माइनस कर दिया फिर भी भाई का कुछ नहीं भाई हंस रहा है यार क्या ही बताओ ऐसे भी बंदे मिलते हैं आजकल गेम पे ठीक है टू छोटा ले ले भाई ले लिया क्या नहीं लेगा शायद से कोई दिक्कत की बात नहीं है कुछ नहीं बोल रहा है बंदा कार मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली ये तो कार हम लोग क्या करेंगे बैठ जाए देखो अभी चलो इसके साथ मजाक करते हैं हम लोग चलो इसके साथ मजाक करते हैं तो चला गया नीचे कहा गया वो कहा गया ओ भाई वो आ चला गया अरे मजाक कर रहा था भाई साउंड में ठीक है भाई के साथ जरा मजाक मजाक मजाक में भाई के साथ हम लोग ने कुछ गलत कर दिया उसका कच्चा तो ठीक है ना बच्चा का कच्चा ठीक है ना अच्छा है क्या कच्चा हाँ फॉलो कर रहा हो ना तेरे को क्या मार्क कर रहा है बंदा कहा जाएगा बोल रहा है वो जाएगा पिक के साइड में चल चल पिक में जाते है चल ओ पी ताजा ये बोला टॉप अप नहीं करता है तो मुझे ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा टॉपअप नहीं करता है लेकिन नाम कैसे चेंज किया भाई ओ, उसका दोस्त ने टॉपअप कर दिया था बोला था ना हम लोगों को ओह तेरे को तो चाहिए रुजा, रुजा, रुजा, रुजा, रुजा, रुजा। चल चल चल तो बंदा बहुत कूद पूछू भाई को हाँ गुड जॉब मैं भी गुड जॉब भेजता भाई अच्छा काम किया तूने ले गुड जॉब बंदे का जॉब है क्या अरे अरे अरे अरे बंदे क्या घर में जल्दी से मेडिकेट नहीं नहीं भाई के पास हिलगन है भाई के पास हिलगन है आ, नहीं मेरी के नई नष्ट करने का नष्ट क्या बोलते हैं डिक्रीज करने का नहीं क्या बोलते हैं कुछ बोलते जाते मुझे उतना अच्छा हिंदी नहीं आता है भाई सच मुझे सच बात बताने में भाई कोई शर्माने की बात नहीं है ठीक है उतना अच्छा हिंदी नहीं आता है आता है लेकिन उतना अच्छा नहीं आता है तो चलो फॉलो मी ब्रदर रश करेंगे बंदे लोगों के ऊपर नहीं अभी टॉप चलो तो तो इस घर में ही वापस जाते वापस जाते क्या बेजू भाई को अभी स्टेट टुगेदर यह मेरा कोई जॉब नहीं है भाई मेरे पापा का जॉब है मेरा कोई जॉब नहीं है बंदे बंदे बंदे तुम कहा है तुझे मारूंगा ढूंढ के तू कहा है बंदा बंदा बंदा तू है बड़ा गंधा तू है कहा तुझे मारू यहा भाई रैप गान रैप गाना शुरू करो क्या यार बहुत बढ़िया मिल रहा है रैप गाना शुरू करना पड़ेगा हम लोगों को रैप गाना पड़ेगा रैप गत्ता में तुमको चाय मिलेगा हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिलेगा ऐसा रैप गाना चालू करने का तो कोई दिक्कत की बात नहीं है जरा जरा मज करना है जरा जरा गेम प्ले करना है सब कुछ करना है लाइफ के अंदर तो यही भाई सामने बंदा है इसी बात पे भाई दे घर में चला भाई कोई इधर जरूरत नहीं है तेरे को रश करने का हाँ अरे भाई बंदा देख लिया मैंने अभी मारूंगा ना यहाँ से चोरी चोरी चुपके चुपके मूवी किस किस लोगों ने देखा है कमेंट में बता दो चोरी चोरी चुपके चुपके अरे भाई इधर रिवाइव हो रहा है भाई तुमने फॉलो नहीं किया क्या मार दिया बंदे को चलो बंदे का आगे है और बंदे है शायद सह पे वो देखो बंदा भाई ग्रेनेड करेगा क्या तू? तो? एक, एक डाउन एक डाउन एक डाउन एक डाउन मार मार मार भाई मार मार गिरा चल चल चल चल चल कोई बात नहीं एक और बंदे को मार देंगे चल चल भाई बंदे ज्यादा प्रो नहीं है करेंगे चल चल चल चल चल चल तो है भाई क्या बकी जा रहा मैं चल। ये ठीक नहीं है भाई किस तरफ से मार रहे है मुझे समझ नहीं आ रहा है चलो घर में जाते हैं पहले तो पूरा मार देगा यार भाई हिलगन से हिलगन ना अरे कहा से अरे मार दिया चलो भाई कोई बात नहीं कोशिश किया हम लोगों ने पूरा कौन है मूड प्रो बंधा है बहुत ही प्रो प्रोबंदा है चलो तो बहुत अच्छा खासा प्लस हो गया हम लोगों का भाई गेम खेलना पड़ेगा मजाक करना पड़ेगा सीरियस होना पड़ेगा सब कुछ करना पड़ेगा लाइफ पे इसीलिए तो लाइफ को अच्छा लगेगा लाइव अच्छा करेगा तो लाइफ भी खुश हो जाएगा तो भाई को करते टाटा बाय बाय हेलो भाई अच्छा भाई चला गया हमारा अच्छा भाई चला गया बच्चा भाई चला गया सब कुछ बोल सकते उसको तो भाई आज के लिए स्ट्रीम ट्रीम इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो मिलेंगे नए फ्रेश वीडियो में तब तक, तक के लिए बाय बाय दोस्तों